हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त आज आपके लिए एक नया जुगाड़ लेके आऊँ जो कि कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि उनका कई ऐसा ग्रुप होता है व्हाट्सअप पे या कोई ऐसा मैसेज होता है कोई जैसे कि लोग अपने गैलरी से परेशान होते हैं जैसे कि जो क्या बोलते हैं जैसे कोई मैसेज कर रहा है वो फोटो भेज रहा है वो गैलरी में आ जा रहा है तो इससे कई लोग होते हैं जो परेशान रहते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जैसे ये मेरा व्हाट्सअप है मैंने ओपन किया मेरा व्हाट्सअप है मैंने ओपन किया जैसे ये मेरा ग्रुप है तो इसमें मेरे पास बहुत सारे फोटोज़ आते हैं जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरे गैलरी में सेव हो तो इसलिए मेरे पास एक जुगाड़ है आप ग्रुप के आइकन पर क्लिक करिए उसके बाद ये आई बटन सा लिखा है इस पर क्लिक करिए उसके बाद जाके आप नीचे इस्क्रॉल करेंगे यहाँ लिखा होगा मीडिया विजिबिलिटी तो आप इस पर क्लिक करके और नो no कर दीजिए इससे क्या होगा ग्रुप में जो भी फ़ोटो आएगी या कोई सिंगल पर्सन है जिसके आपकी फ़ोटो नहीं चाहिए उसका कोई भी फ़ोटो आएगा जो तो आपकी गैलरी में ना सेव होकर आपके व्हाट्सअप पे ही रहेगी चाहे आपको कितनी बार भी डाउनलोड करिए इससे आपकी गैलरी नहीं भरेगी ओके तो थैंक यू ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और अगर आपको कोई नया जुगाड़ जानना हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए थैंक यू